कटनी रेलवे स्टेशन के वॉशिंग पिट में खड़ी ट्रेन में अचानक आग लग गई आग ने देखते ही देखते तीन से चार बोगियों को अपनी चपेट में ले लिया फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका कटनी में छ नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन में आग लग गई आग वॉशिंग पिट में खड़ी ट्रेन के स्लिपर कोच में लगी थी बताया जा रहा है की स्लिपर कोच में लगी आग ने तीन से चार बोगी को अपनी चपेट में ले लिया हालाकि किसी भी तरह की जन की खबर नहीं आई है आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया फिलहाल अभी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है वॉशिंग साइडिंग है कटनी स्टेशन यहाँ आठ आठ कोच दो लाइन में रखे हुए थे तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि एक कोच में स्लीपर कोच में आग लग गई है तो तुरंत हमने फायर ब्रिगेड को ऑर्डर करवाया दो फायर ब्रिगेड नोटिस यहाँ पे थे और यहाँ आने के बाद देखा कि उस एक कोच से बगल वाले कोच में भी आग फैली हुई थी तो दो कोचे फैलेगी कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है इसमें इंक्वायरी कमेटी बैठेगी तो वो इंक्वायरी करके फैक्ट्स देख के फॉरेंसिक रिपोर्ट जब मिलेगी तब हम बताते